ज्योतिर मठ के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले के एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है और यह छह फीट यानी अठारह मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कई हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों में ट्रेनिंग ट्रेलर और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख पीठों में से एक का घर है सात फरवरी 2021 से ये क्षेत्र 2021 उत्तराखंड बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित था और उसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते रिज के साथ होने वाले कारण शहर में डूबने की पुष्टि हुई और वहीं चलते शहर के आसपास की रचनाओं में दरारे आ गई और शहर के लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा ज्योतिष हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं सातवीं ईसा पूर्व से ग्यारहवीं ईसा पूर्व से बीच कत्यूरी राज्यों के कुमाऊ में कतियूर आधुनिक दिन बैजनाथ घाटी में अपनी राजधानी से अलग थलग हद तक शासन किया किूरी वंश की स्थापना वासुदेव कतियूरी ने की थी जोशी के प्राचीन वासुदेव मंदिर का श्रेय वासुदेव को दिया जाता है वासुदेव बौद्ध मूल के थे लेकिन बाद में ब्रह्मवादी प्रार्थनाओं का पालन किया और आमतौर पर कतियुरी राजाओं की भ्रमणवादी प्रार्थनाओं को कभी कभी आदि शंकराचार्य सात ईसा पूर्व से 820 ईसा पूर्व के एक जोरदार अभियान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है बता दें कि कतियुरी राजाओं को ग्यारहवीं सदी ईसा पूर्व में पवार वंश द्वारा विस्थापित किया गया था ज्योतिर्म उत्तर माना मठ या उत्तरी मठ है और जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख स्थानों में से एक है और अन्य श्री पुरी द्वारका और काची में है और उनके सिर का शिष्य शंकराचार्य हैं आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुसार ये मठ अर्थवेद का प्रभारी है ये स्थान गुरु गोविंद घाट या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या जाने वाले यात्रियों के लिए बे स्टेशन हो सकता है मंदिर नरसिम्हा बद्री नारायण के साथ साथ देवताओं के एक साथ पंथ के रूप में प्रस्थित है और यह भी की माना जाता है कि पीठासीन देवता भगवान नरसिंह की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी ये दिव्य देशम में से एक है विष्णु के 108 मंदिरों को बारह तलीम कवि संतों या अलवायु के द्वारा सम्मानित किया जाता है और भगवान और देवी को परिमावली समस्ता परम पुरुष प्रेम मूल के रूप में जाना जाता है तो आज हम जान गए कि ज्योतिष मठ ईसा पूर्व से आज तक हमें इनको क्यों श्रेय देना चाहिए और ऐसे निर्माण रोकने चाहिए जो मंदिर के आसपास को मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते हैं सरकार को भी समझना चाहिए कि ये ईसा पूर्व से ज्योतिष मठ को हमें संभाल कर रखना चाहिए और सरकार की आंखें और खोलने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि इस निर्माण को और रोका जा सके और जय हिंद जय भारत